मिक्स बाय डीजे सुदामा हेलो फ्रेंड जो जो वीडियो आवे गए हो तो અત્યારે જૈન એની લિંક ને તમારું WhatsApp स्टेटस માં શેર કરીને તમારું ભાઈને સપોર્ટ કરો કાકી હિતેશ ડાકીયો માધવને કે આ મુજે આવી કે કોમેન્ટ કરવાનું તો નાટ ભૂલતા બજા ઓય ડાકી હિતેશ ડાકી હિતેશ ડાકી હિતેશ ડાકી હિતેશ ડાકી હિતેશ મિક્સ બાઈ तो मोदी लगता के करे हम नवराबर को जो एक <laughs> <laughs> <ना>। <laughs> बदनाम तो बहुत हम जमाने में तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है नितेश देट, देट, देट, देट, काश कोई ऐसा हो जो गले लगा कर कहेद रोया न कर तेरे रोने से मुझको भी दर्द होता है मिक्सिंग पॉइंट स्वाडा डीजे मिक्सिंग पॉइंट स्वाडा तो लोग कहते हैं चलो मत बराबरी करो पर बेटा तुम जल्दी लो क्योंकि बराबरी तो तुम कर नहीं सकते हितेश डाकी हितेश डाकी काम एऊ करो के नाम थई जाए अने कापछि नाम एऊ करो के नाम लेता काम थई जाए डाकी भी पेश मिक्सिंग पॉइंट डाकी भी पेश मिक्सिंग पॉइंट डाकी भी पेश मिक्सिंग पॉइंट तुम्हारी गई तो तुम्हारी कम बड़ी गई बड़े थ्री